ही हो पहुँचा देंगे हम <laughs> <आपसा लिए। laughs> वो देख और कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे स्वस्थ होंगे और हमारी वीडियो का आनंद ले रहे होंगे तो आज मैं आपको कहीं ले जाने वाली हूँ तो सोचिए कहाँ ले जाने वाली हूँ और अभी सुबह की सात बज रहे हैं और हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से तो प्लीज़ आप लोग भी हमारे साथ चलिए कितनी मस्त तो हरियाली है ना ये गया था बाद में भी दिए गए है तो आज, साथ आज ये नलखेड़ा में कमलनाथ आए हुए हैं और है नहीं और नहीं किसी फ्रेंड आज बहुत घूम के आना पड़ा हम लोगों को और हम लोग पता है कहाँ आए हुए आप लोगों को बताए थे नहीं पता भी कैसे होगा वैसे हम लोग आज नलखेड़ा आए हैं और गलत टाइम पर आ गए शायद क्योंकि बहुत भीड़ और ट्रैफिक था क्योंकि आज यहाँ पर हाँ कमलनाथ जी आए हुए हैं नलखेड़ा में तो हम लोग आए हुए थे कि सोचा कि चलो आप लोगों को यहाँ के दर्शन वगैरह करा देते हैं माता रानी के और मैं भी कभी आई हुई थी हूँ यहाँ पर तो आज माता रानी के दर्शन होते हैं या नहीं होते हैं देखते हैं हम लोग मंदिर के पास में पहुंच चुके हैं पता नहीं देखते हैं क्योंकि आज यहां पर नरखड़ा बगला मुखी मंदिर में भीड़ भी काफ़ी हो रही है कमलनाथ जी आए हुए हैं इस वजह से हमको भी पता नहीं था पता होता तो शायद आज की वजह फिर किसी दिन आते फिर देखते हैं क्या होता है तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं मंदिर में हम लोग आ गए हैं और तो वैसे अभी तो यहाँ पर इतनी भीड़ भी नहीं है शायद तो सब तो लोग उधर लगे हुए हैं no va a estar pelón, ya la van a llevar yo तो फाइनली फ्रेंड्स दर्शन भी काफ़ी अच्छे से हो गए और बहुत अच्छा लग रहा है वैसे यहाँ पर दर्शन करके सोचा तो नहीं था आए हाँ जब पता चला कि कमल नती आए हुए हैं तो सोचा नहीं था कि इतने अच्छे से दर्शन हो जाएंगे बल्कि फाइनली काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए और आप लोगों को भी सबसे अच्छी तरीके से दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए <गणीज़> मंदिर के पीछे हवन वगैरह हो रहा है अपन उल्टे दर्शन कर रहे हैं दिलुत। दिलुत। दोस्तों ये फिर राज का मंदिर है पर अच्छे से दर्शन हो रहे हैं ये उनकी सवारी अच्छा मंदिर बना है फ्रेंड्स यहाँ पर वैसे आए मत वाओ पैसे से भरा कैंड करते हैं सिक्का लेके है, आए यार खुले लेके गया तो वो पंडित जी वो बैठा उनसे खुले लेके ले गया ले ऐसा लगा आपको ये ब्लॉग प्लीज कमेंट्स में बताइएगा जरूर ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर में वहाँ राधे कृष्ण मंदिर ना तो हम लोग नाश्ता कर पाए ना कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि पानी इतना जोर से हारा था तो वहाँ से जैसे हम लोग कंप्लीट तो करके कर निकले कि सोचा कि हम नाश्ता कर लेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाए आज मुख्य रियल सचिव हैं